ज्ञान गुण सागर जय कपीसोक उजागर दाम दूत अतुलित बलधामा अंजलि पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी बजरंगीवार सुमत के संगी बरन विराज सुमे कुंडल कुंचित केसा वज्र कु केसाद्रजा विराज आते जने उन सबके जो डायलॉग है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 दिकुनी अति चातुर्ण राम कार्य करि देखो आत रघुचरित सुधि देखो रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरिसी दीथावा विकट रूप धरि लंक जला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 यश गावे मुनिसा आरद सारद अहिसा तुम सुग्री महीना काम मिलाय दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना कल सब जग जाना जू सहस्त जो सहस्त्र जो पर भानु हाही मधुर फल जानू प्रभु बुद्धि का मेरी मुगुमाही जग बिना ही गए अजरज नाहि कोई काम का जगद के जीते सुहा अनुग्रह तुमने देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आक्या बिन पैसा रे देयर द नो सस्पेंस अबाउट द विनर द विनर इज रामानंद सागर रामा तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना डर तेज आपे तीनों समारोह आप भूत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचल ध्यान जोलावे सब बल राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और जो कोई लावे सोई अमित जीवन पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे रखन राम दुला दाता, जाने की माता तुमरे तुमरे रघुपति घुपति पुर जाय जन्म हरि भक्त और देवता चित्तन धरे अनुमत से सर्वसुख करे संकट हरे मिटे सब पीला tum sun mere hanumat bal diya jai jai jai hanuman ko jai dipak rupur dev ki nai sat pad paat kar koi chutti bandi maha sukh ho i don't think i can give a better introduction you have seen aman's work he was an adopted child a very turbulent childhood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 and there's only three words jashira beginning i started feeling and starts writing so at best i can be called that pen enjoy padh hanuman chalisa ho siti sanki go risa din si da sala ke ra jiye nagar de Jai Hanuman, Jai Sri Ram, Jai Hanuman, Jai Sri Ram, Jai Hanuman. जय श्री राम जय हनुमान Jai Sri Ram, Jai Hanuman. Jai Sri Ram, Jai Hanuman. Jai Sri Ram, Jai Hanuman.